रीवा में प्रशासनिक अमले के अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस एक नाबालिग लड़की को जमीन पर घसीट रही है ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया मामला जवा क्षेत्र के जनकाहाई गाँव का है जहाँ प्रशासनिक अमले द्वारा अतिक्रमण आरोप कार्रवाई की जा रही है जिसका एक वीडियो सामने आया है जिसमे महिला पुलिस एक नाबालिग लड़की को घसीट रही है लड़की लड़की रो रही है है। है और अचानक रोते-रोते बेहोश हो जाती ग्रामीणों का आरोप कि तहसीलदार के द्वारा जिस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है वह गलत है जिसको लेकर हम उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की इसका विरोध कर रही एक नाबालिग बच्ची को घसीट काफी दूर तक ले जाया गया वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि लड़की कार्रवाई को बाधित कर रही थी बच्ची को चोट ना लगे इसीलिए उसे दूर ले जाया गया था बेहोश होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है जो वीडियो आया है थाना प्रभारी और तहसीलदार से चर्चा की गई इसमें बताया गया तहसीलदार के यहाँ से एक मैटर चल रहा था अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार के न्यायालय से वो हटाने का आदेश हुआ था जब आनावेदक द्वारा वो हटाया नहीं गया तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी थी लिखित में पुलिस थाने से मदद मांगने पर थाना प्रभारी ने बल्कि मांग की थी यहाँ पुलिस अधीक्षक से जिससे पुलिस लाइन से भी बल भेजा गया था क्योंकि ऐसा था कि विवाद की संभावना है और तहसीलदार ने तारीख निश्चित की थी उस तारीख पर थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल वहाँ तहसीलदार की मदद के लिए सुरक्षात पहुँचा था तहसीलदार उनका अमला वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे अपने न्यायालय के आदेश का पालन कराने में उसी समय अनावैध पक्ष की कुछ महिलाओं ने और लोगों ने आ, का, आ, काम को रोकने के लिए जे सी के सामने लेटने का प्रयास किया था जब वो जेसीबी चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जेसीबी से चोट लग सकती है तो पुलिस के द्वारा सुरक्षार्थ उनको हटाया गया और जब उनको लगा कि क्या ऐसा कुछ तथ्य रहा कि बेहोशी की बात या कुछ भी आश्वस्त होने की बात तो पुलिस के द्वारा तहसीलदार के साथ मिलकर उनको सहयोग से उसको अस्पताल में भी भिजवा दिया गया था एक्चुअल में वहाँ सब पूरा को पूरा प्रशासनिक कमला मौजूद है मौके पर सरपंच हैं गांव के लोग भी हैं सभी लोगों के सामने उसने इस तरह का प्रयास किया था उससे उसको चोट लग सकती थी जैसी भी कि इस कारण से वो महिला पुलिस की मदद से उस महिला को वहाँ से हटाया जा रहा है जैसा प्रतीत हो रहा है वो जबरदस्ती उसके सामने जाने का प्रयास कर रही थी उसका जो कानूनी कार्रवाई है उसको रोकने के लिए इसलिए अगर इस संबंध में तहसीलदार का अमला कोई शिकार भी करता है कि मेरी नाती हाथ जोड़ रही थी तो उसको भी धक्का दिए मेरे पति कागज लेके गए जो इस डी एम साहब की मंजूरी थी उसको पति को मेरे नीच कह के भगा दिया था मैं वहाँ गई मैडम मे, बोले कि आप अम्मा कागज लेके जाओ जब मैं कागज लेके गई उनके पास सोनी तहसीलदार के पास तो सीधे मेरा कागज नहीं लिए यही सीना में हाथ रखे जो कि मैं माँ समान हूँ और मेरे को धक्का दे दिए इसके बाद मेरे को याद नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ मेरे परिजनों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किए जैसे वो दारू पी के रखे हों जिससे उनके माँ बहन बेटी औरत ही ना हो इस तरह वो सोनी तहसीलदार और पटवारी भी पर थोड़ी पटवारी कम किया तहसीलदार बेहद पार कर दिया तो वो दूसरे गांव है गोपाल स्वरूप के गोपाल स्वरूप पाठक भी इसमें गोपाल स्वरूप पाठक हमारे यहां हमारे साथ हुआ हमारे बहू के साथ हुआ हमारे नाती के साथ ना हमारा परिवार इतने अच्छे से हमारा साथ देता हमारा परिवार सबको हम साथ में रहते हैं हमको बिल्कुल हमारे बेटे जो बिल्कुल माँ जैसे मानते है